हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सुपर सुपरफाइन टेक्निकल में दोस्तों आज हम बात करेंगे किसी भी कोर्स को Google पर अच्छी तरह से फ़ाइंड करना है यानी Google पर सारे अवेलेबल जैसे आपको पता सारी चीज़ अवेलेबल होती है फिर भी फिर भी हम उसे सही तरीके से फाइंड नहीं कर पाते हैं जैसे हमें कोई बुक फाइंड करनी है तो हमें गूगल पर जाना है जैसे हम ले लेते हैं रामायण तो हमें लिखना है पहले लिखना है रामायण उसके बाद हमें लगाने ये दो तो कॉमें और उसके बाद लिखना है हमें ड्राइव ड्राइव डॉट और हमें सर्च वाले आइकन पर क्लिक कर देना है तो दोस्तों जैसे ये आ गया दरामणा पी पीडीएफ एफ ड्राइवर जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके गूगल ड्राइव में, में ही ओपन हो जाएगा और क्रोम में भी ओपन हो जाएगा जैसे यहाँ आ, आ चुका है यहाँ पर और आपको ये 2008 पेज उन्नीस पेज हैं इसके ये आपको पूरी डाउनलोड हो जाएगी दोस्तों आपको कैसे लगे जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें